कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर आज मित्रों हम लोग महान गजल सम्राट श्री दुष्यंत कुमार जी की गज़ल को प्रस्तुत कर रहे हैं इसका आनंद लीजिए गज़ल का शीर्षक है कहां तो तय था चिरागा हरेक घर के लिए तो आइए सुनते कहाँ तो तय था चिरागा हरेक घर के लिए कहाँ तो तय था चिरागा हरेक घर के लिए कहाँ चिराग मयसर नहीं शहर के लिए कहाँ तो तय था चिरागा हरेक घर के लिए कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए यहाँ दरख्तों के साय में धूप लगती है यहाँ दरख्तों के साय में धूप लगती है चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए ना हो कमीज तो पाँ से पेट ढक लेंगे ना हो कमीज तो पाँ से पेट ढक लेंगे ऐ लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए ऐ लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही बहुत ही खूबसूरत बन खुदा नहीं अगर भगवान नहीं है तो कोई बात नहीं कोई हसीन नजारा तो है नज़र के लिए आनंद लीजिए खुदा नहीं ना सही आदमी का ख्वाब सही खुदा नहीं ना सही आदमी का ख्वाब सही कोई हसीन नजारा तो है नज़र के लिए कोई हसीन नजारा तो है नजर के लिए वो मुतमैन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता वो मुतमैन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता मैं बेकरार हूँ आवाज में असर के लिए तेरा निजाम हैसिल दे जुबान शायर की तेरा निजाम है दे जुबान शायर की एहतियात जरूरी है इस बाहर के लिए जिए तो अपने बगीचे में गुल मोहर के तले जिए तो अपने बगीचे में गुल मोहर के तले मरे तो गैरे की गलियों में गुल मोहर के लिए कहाँ तो तय था चारागा हर के घर के लिए कहाँ तो चिराग मैसर नहीं शहर के लिए कहाँ तो तय था चिराग हरे के घर के लिए कहाँ चिराग मय नहीं शहर के लिए धन्यवाद